मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो आज भी दिल से खेलते हैं मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो आज भी दिल से खेलते हैं और हम क्या है हम तो सिंगल है सिर्फ फ्री फायर खेलते है प्रिक प्रिक प्रिक प्रिक अपना तो एक ही उसूल है जो जले उसे और जलाओ और जो ज्यादा बोले उसे उससे हवेली में बुलाओ